हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ब्रिज कोचिंग सेंटर टुडे विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलके के बनाया ट्राई गोनोमेट्री ठीक है ट्राई मतलब होता है हमारे पास सबसे पहले ट्राई आता है फिर गोनो आता है फिर मिट्री आता है तो सबसे पहले हमारे पास ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है तीन वर्ड से कितने वर्ड से तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है ट्राई गोनो मिट्री ठीक है स्टूडेंट्स सबसे पहले ट्राई का मतलब होता है थ्री गोनो का मतलब होता है हमारे पास साइड्स ठीक है ट्राई का मतलब होता है हमारे पास थ्री ट्राई का मतलब होता है हमारे पास थ्री ठीक है गोनों का मतलब होता है हमारे पास साइड्स क्या होता है हमारे पास गोनों का मतलब साइड्स ठीक है और मेट्री का मतलब होता है हमारे पास मेजरमेंट तो यानी कि हमारे पास थ्री साइड्स मेजरमेंट क्या कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री क्या कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री ठीक है तो सबसे पहले आपके पास चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए चैप्टर का मतलब पता है तो फिर आप आगे कर सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है चैप्टर का मतलब तो पता हो सबसे पहले क्या चीज़ है ठीक है तो चैप्टर का मतलब क्या है थ्री साइड्स का मेजरमेंट ठीक है इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आता है इसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट यूजेस ऑफ ट्रिक्नोमेट्री ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या आता है यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री uses और application और application of trigonometry ठीक है uses और applications of trigonometry तो इसमें हमारे पास क्या होगा यूजेज और एप्लीकेशन क्या क्या आएंगी सबसे पहले अर्लियर अर्लियर हमारे पास क्या होता था अर्लियर इसके यूज होते थे कि आप हमारे पास आप इसे ज्योमेट्री में यूज़ करते थे अर्लियर है ना ज्योमेट्री में आप इसे अर्ियर यूज़ करते थे और आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जनरली जो है ज्योमेट्री में ही यूज़ होती थी ठीक है यानि कि आप कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है ज्योमेट्री में ठीक है ट्राइंगल में ठीक है पहले लोग में तो ज्योमेट्रिक में जो प्रॉब्लम्स होती थी उनमें ही अलेयर पहले आपके पास ये ट्रिक्डोमेट्री यूज़ होती थी ठीक है सेकंड यूज़ क्या था इसका अयर ज्योमेट्री में आप क्या देख सकते हैं कि भाई ट्राइंगल है आपके पास कोई एक मिनट यह आप देख सकते हैं इसमें एक ट्राइंगल है ए राइट एंगल लेट बी ठीक है इसमें आपके पास एप्लीकेशन क्या हुई जोमेट्रिक प्रॉब्लम में इसमें आप बता सकते हैं इसका दो एंगल बता सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास पहले भी वीडियो आ चुके हैं जो जोमेट्रिक प्रॉब्लम्स की ठीक है सेकंड आता है हमारे पास कैप्टन दिस इन देर नेविगेशन प्रोसेस ठीक है कैप्टन यूज इन नेविगेशन यानी कि कैप्टन इस चीज़ को यूज करते थे नेविगेशन में तो पहले कोई हमारे पास डिवाइस तो होता नहीं था नॉर्थ साउथ के लिए तो इस technology को यानी कि इस technique को हम टेक्नोमेट्रिक को यूज करते थे इन नेविगेशन ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड यूज पहले इसके कुछ एक लिमिटेड यूज ही थे अब इसके वास्ट यूज आ चुके हैं ठीक है तो पहले जो यूजेस थे पहले हम वो देख रहे हैं तो डिज़ाइनिंग ऑफ मैप्स डिज़ाइनिंग ऑफ मैप्स सर्वेयर्स यूज सर्वेयर इन मैप्स ठीक है सर्वेयर टू मैप आउटलैंड्स यानी कि कोई ज़मीन है आपके पास कोई आपके पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जमीन है ठीक है रैक्टेंगुलर है तो आप तीनों एंगल निकालने हैं कोई आपके पास राइट एंगल ट्राएंगल आपके पास कोई लैंड आ गई ठीक है ये आपके पास अगर कोई रैक्टेंगुलर लैंड uh, है तो आपने इसको डाइग्नली डिवाइड किया तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई आपके पास तो आप सर्वेयर्स टू मैप आउट लैंड यानी कि लैंडस को कैसे मैप आउट करें तो इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता था ठीक है तो इसका वास्ट uh, यूज़ था पहले भी अब इसका जो है बहुत बड़ा यूज़ एप्लीकेशन्स आ गई हैं अभी ठीक है तो पहले जो यूज़ थे ना वो थे लिमिट पहले इतने ज़्यादा यूज़ नहीं थे अब इसके यूज़ जो है वो लिमिट आ गए ठीक है तो पहले यूज़ तीन यूज़ किए हुए आपको तीन एप्लीकेशन्स अच्छा यूरोप ये जो है हमारे पास चौथा यूज़ क्या है हमारे पास इंजीनियर्स इंजीनियर्स में आपके पास पता है आपके पास दो ब्रांचेज होती हैं जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मैकेनिकल भी होती है इलेक्ट्रिकल भी होती है कई ब्रांचेज होती है एटसेट्रा एक वर्ड होता है एटसेट्रा यानी कि आपके पास कई ब्रांचेज होती हैं इंजीनियरिंग में जहाँ पे यूज़ होती है मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल में ठीक है और इलेक्ट्रिकल में मेनली क्या होता है ड्रो आउट सर्किट्स में यूज़ होती हैं ट्रिकनोमेट्री ठीक है ये इसमें लिख भी रखा है बुक में आप एन में पढ़ भी सकते हैं ठीक है अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास आता है करंट यूज़ करंट यूज़ यानी कि हमारे पास इसका करंट यूज़ क्या है अभी जो हाल फिलहाल जो इसके यूज़ हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं तो आप देखिएगा हमारे पास इसके तीन से चार यूज़ हैं जिसमें हम इसको डिफ़ाइन कर देंगे कि इसके एप्लीकेशनस क्या क्या आज की डेट में इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हमारे पास ठीक है और इसमें जो मेनली है वो फर्स्ट यूज आता है आपके पास फर्स्ट यूज आता है आपके पास साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी ये आपके पास साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड है सिस्मोलॉजी ठीक है बायोलॉजी में भी काफी यूज होती है सिस्मोलॉजी नेक्स्ट आपके पास आता है स्टूडेंट्स डिजाइनिंग ऑफ डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ काम आता है ये टिक्नोमेट्री इलेक्ट्रिकल सर्किट सर्किट्स डिज़ाइन करने में काम आता है ठीक है नेक्स्ट जो आता है हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैसे होता है कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरीके से डिजाइन किया जाए कि आपके पास मिनिमम कॉस्ट आए ठीक है ठीके? वायरिंग किस तरीके से की जाए ओके okay. तो इसमें आपके पास नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड जो है यूज का वो आएगा डिज़ाइनिंग सॉरी डिजाइनिंग द डिस्क्राइबिंग सॉरी डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन आइटम डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन ऐटम में काम आता है कि स्टेट क्या होगी आइटम की ठीक है तो उसमें हमारे पास ट्रुनोमेट्री का यूज़ है क्स्ट जाता हमारे पास यूजिंग याडिक्टिंग भी कह सकते हैं आप दैट इज मतलब ओशियन है आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई टाइड्स चल रही है तो आप इसकी हाइट है। कैसे बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के ठीक है ट्राइंगल बना के आप बता देंगे की इसकी हाइट प्रडिक्टेड हाइट क्या होगी ठीक है क्रिकेट में भी यही चीज़ यूज़ होती है हमारे पास कि बॉल अगर टप्पा खा रही है कि स्पीड से टप्पा खा रही है तो उसकी प्रोडिक्टेड हाइट क्या होगी पिच के हिसाब से क्या होनी चाहिए और क्या हो गई ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूज़िकल टोन में म्यूज़िकल टोन में हमारे पास यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री कि उसमें कौन से टोन कितनी हाइट पे जाएगी ठीक है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा कैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई पीक पे जा रही है कोई टोन ऐसे ठीक है कोई टोन जा रही है इतनी हाइट की ठीक है इतनी पीक जा रही है तो म्यूज़िकल टोन एनालाइज़ करने में हमारे पास ये काम आता है ठीक है तो हमारे पास सात सौ रहते ना सा रे ग प धनी नी सा ठीक है ये सा रे प ध नी सा तो ये हमारे पास सात सुर होते हैं तो सा रे गा प ध नी सा तो इसमें हमारे पास देखना पड़ता है कि कौन सा सुर की हाइट कितनी है म्यूजिकल टोन को एनालाइज करने में हमारे पास ये काम आता है ठीक है कौन सा सुर कितना ऊंचा लग रहा है उसको भी हम एनालाइज इसी से करते हैं ठीक है चार यूज़ आ गए हमारे पास समझ में इसके पांच यूज़ आ गए अब इसके बाद आता है हमारे पास कि हम अर्लियर क्लासेस में क्या पढ़ते थे तो इंट्रो में हमारे पास ये तीन चार चीज़ें ही आती हैं कि हमारे पास इसके अर्लीयर यूज़ क्या थे करंट यूज़ क्या है और अर्लियर क्लासेस में हम इसको कैसे पढ़ते थे जैसे टेंथ क्लास में हमें पढ़ाया जाता था कि टिक्नोमेट्री स्टार्टिंग से करवाएँ अगर तो मैंने कुछ वीडियोज़ भी डाल रखे हैं आपके पास तो उसमें यही होता था कि हमारे पास रेशियोज़ जो हैं रेशियोज़ पता लगते थे ठीक है तो वही अब आप, हम आप, आपको बताएंगे कि रेशियोज़ के ज़रिए हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते थे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है सबसे पहले हमारे पास यूज़ जो आता है वो देखना आप अब जो है हमारे पास आता है अर्लियर क्लासेज में हमने क्या क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में अर्लियर क्लासेज में हमने पढ़ा हुआ है कि रेशियोज से कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कैसे फाइंड आउट करें ठीक है क्या चीज़ हम साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच बी बाई एच हमारे पास cos थीटा होता था और p बाई बी हमारे पास tan थीटा होता था तो ये हमारे पास रेशियोज ऑफ साइड्स की टर्म्स में पढ़ते थे ठीक है पंडित बद्री प्रसाद बोले पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान बरा। ऐसे भी याद करते थे हम शॉर्ट ट्रिक्स होती थी हमारे पास ये हमारे लिए क्लासेस में पढ़ चुके हैं ठीक है तो हमारे पास साइन थीटा इज पी बाई एच हो होता था ठीक है तो इसे हम कहते हैं कि साइन थीटा को हमने लिखा पी बाई की टर्म्स में तो ये हमारे पास ट तो तो है, सकते हैं तो ये ये चीज बता रहा है बुक में नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड की साइन थीटा साइन स्क्टा प्लस टू तो वन हमने ठीक है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ठीक है नेक्स्ट आता था हमारे पास क्या टेन की जगह क्या आता था cot और secant की जगह क्या कॉ सेकंड स्क्वायर थीटाज इक्वल टू कॉ सेकंड स्क्वायर थीटर ठीक है स्टूडेंट तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमें याद करनी थी तब अब हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है साइन थी हमारे पास पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी जो होता था इसको हम क्या कह सकते हैं ये हमारे पास रेशियोज ऑफ साइड्स की टर्म्स में, तो में लिखा जा सकता है पी और बी और एच क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास साइड के रेशियो के टर्म में लिखा जा सकता है एंड इस दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिक फंक्शंस नेक्स्ट आपका students हमारे पास heights and distances में यूज था इसका earlier classes में ना हमने पढ़ा था ना कि कोई कोई pole uh, है उसको उसकी height h meter है टू मीटर डिस्टेंस अपार्ट है from a man then what is the angle of elevation of the height of tower टू दाइट आई साइड ऑफ दैट पर्सन तो हम निकाल लेते थे आराम से कि क्या होगा एलिवेशन भी पूछता था डिप्रेशन भी पूछता था ठीक है तो हम टिक्नोमेट्री की हेल्प से निकाल लेते थे ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं आप इसको ठीक है अब आता है स्टूडेंट हमारे पास जनरलाइज करना ये जो चीजें हमने सीखी अब इसको कैसे जनरलाइज करें कैसे हम एक मत निकालें ठीक है कैसे हम इसको जनरलाइज करके पढ़ें ठीक है तो इसमें हमारे पास आता है एंगल्स ठीक है स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है एंगल्स एंगल्स में आपको क्या देखना है एंगल्स में सबसे पहले चीज हमें देखनी है मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है ये जिसको हम कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट इस डोट को क्या कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट तो इस लाइन से मान लीजिए हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है पैरेलल टू सम फिक्स्ड लाइन हमें कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो इसको हम कहते हैं इनिशियल लाइन क्या कहते हैं इनिशियल लाइन इनिशियल लाइन या आप इनिशियल साइड भी कह सकते हैं इनिशियल साइड ये आपके पास नेक्स्ट जो आती है एंगल रोटेट करने पे ये आती है आपके पास टर्मिनल साइड क्या आती है आपके पास टर्मिनल साइड जो कि आपके पास एंगल थीटा रोटेट करने पर आई ठीक है स्टूडेंट्स अब इसमें आपके पास थीटा रोटेट करने पे ये आई आपके पास थीटा रोटेट करने पर आपके पास टर्मिनेटिंग साइड आई टर्मिनल साइड आई मान लीजिए आपके पास है पॉजिटिव थीटा ठीक है तो पॉजिटिव थीटा पर करने पर टर्मिनल साइड आई ना क्योंकि ऊपर की साइड गए आप अब मान लीजिए इसी को मैं ऐसे बना दूं इनिशियल साइड तो ले लूं ऊपर ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है यहाँ से इनिशियल साइड से मान लीजिए मैं रोटेशन लेता हूँ नेगेटिव ऑफ थीटा तो आपके पास ये नेगेटिव ऑफ़ थीटा आ जाएगा ये टर्मिनल ये इनिशियल साइड हो जाएगी और ये टर्मिनल साइड हो जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स ओके okay. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आपके पास नेगेटिव ऑफ थीटा कब होगा तो एंगल थीटा बताने की बात है कि थीटा कैसे आया आपके पास थीटा ऐसे आता है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड की वजह से ठीक है इतना क्लियर हुआ यहां तक ये जो पॉइंट है इसको आप इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं वर्ड टेक्स भी कह सकते हो ठीक है स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कहता है कि ये हमारे पास कोई वर्टेक्स है और ये हमारे पास कोई लाइन है तो यहां से स्टार्ट करके इनिशियल साइड से स्टार्ट करके अगर हम इनिशियल साइड को ही दोबारा ज्वाइन करते हैं यानि कि उसी पे आ जाएँ तो हमारे पास ये एंगल होगा थ्री सिक्सटी डिग्री और कंप्लीट रिवोल्यूशन ठीक है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड अगर एक हो जाएँ तो हमारे पास ये एंगल क्या लाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ये हमारे पास क्या लाएगा वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ठीक है स्टूडेंट्स कम्प्लीट रिवोल्यूशन क्या लाएगा कम्प्लीट मतलब वो इनिशियल साइड से स्टार्ट किया टर्मिनल साइड पर आ गए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से चलते चलते टर्मिनल साइड अपने आप आ गई तो हमारे पास ये जो एंगल है कंप्लीट रेवोल्यूशन कहलाएगा तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट रेल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास काम भी आने वाला है नेक्स्ट यही कह रहा है ये बुक में ठीक है नेक्स्ट देखना स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है डिग्री मीजर नेक्स्ट आता है हमारे पास डिग्री मीजर डिग्री मीजर में हमारे पास क्या है डिग्री मीजर में हमारे पास आता है वन बाई थ्री सिक्सटी पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इस कॉल्ड एन डिग्री क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं डिग्री की डेफिनेशन क्या है वन बाई थर्ड थ्री ऑफ ए रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड ए डिग्री यानी कि वन डिग्री इज इक्ल टू वन बाई थ्री सिक्सटी ठीक है तो हमारे पास ये आ जाएगा वन कम्प्लीट रेवोल्यूशन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वन रेवोल्यूशन तो हमारे पास वन डिग्री आ जाएगा वन बाई थ्री सिक्सटी एथ ऑफ रिवोल्यूशन ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ और हमारे पास वन मिनट इज ईक्ल टू सिक्सटी डिग्री होता है वन डिग्री इज़ इक्ल टू सिक्सटी मिनट होता है सॉरी वन डिग्री इज ईक्ल टू सिक्सटी मिनट एंड वन मिनट इज ईक्ल टू सिक्सटी मिनट सिक्सटी सेकेंड्स तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जो आपके पास याद रखने हैं आपको इन्हीं से आपके पास क्वेश्चन सोल्व होगा एक्सरसाइज में भी और आपके पास कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपके पास वन डिग्री इज इक्ल टू हाउ मच रिवल्यूशन ठीक है ओ okay.